उन दिनों जब मेरे पास काम बहुत कम था पैसों की तकलीफ थी फाइनेंशियली बहुत तकलीफ भी थी मुझे और मैं अपने बच्चों को फाइव स्टार होटल में खाना खाने ले जाता थारमाइश थी फाइव स्टार फाइव था ना होटलों उडल, में जाते हैं फाइव स्टार होटल में बैठा खाना खाने के लिए बैठा बच्चों ने फरमाइश की चले अब हम लोग एक एक चीज का हिसाब लगाते हैं चिकन अठारह सौ बाईस सौ भाजी का सोलह 1803 सौ चार हो गया फिर मिठाई भी लेंगे ये लेंगे वो लेंगे अरे मेरी वाइफ भी घबरा रही लिटरली मैं बता रहा हूँ दिल से मैं एक एक रुपये का हिसाब लगा रहा था बाद ने बोला चलो ब, बिल प्लीज वे, वेटर प्लीजर बोला सर सॉरी सर वो टेबल पे एक आदमी बैठे थे उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार किया उन्होंने आपका बिल पे किया है बोला जानी भाई का मैं फैन हूँ मैं उनको बताना नहीं